नर्मदापुरम में एक सांप की सर्जरी की गई एक महिला डॉक्टर ने कोबरा सांप का इलाज किया बताया जा रहा है कि कोबरा जख्मी हालत में मिला था जिसके बाद उसे इटारसी पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की कुछ लोग बेजुबान जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं तो वहीं कुछ लोग बेजुबानों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ऐसे ही एक मामला नर्मदापुरम से सामने आया है जहां इटारसी के पशु चिकित्सालय के डॉक्टर ज्योति नावड़े ने रेस्क्यू किए गए घायल कोबरा सांप का इलाज किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सर्जरी किए जाने के बाद इस सांप की हालत में तेजी से सुधार हुआ इलाज के तीसरे दिन कोबरा सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया